Ek achhi bedaari mal beda lai, ek achhi bedaari mal beda lai, ek achhi bedaari, ek achhi bedaari mal beda lai. Yi vadu vadu janaa, ba vadu janaa, ba vadu janaa, baad-e-taan.